मेरे हाथों में पेपर तेरे हाथा में किसी और कद अरे थोड़ा कद कि तेरी कोई मजबूरी ना थी मैडम बस हम तुझ मान लियागे मारा करैक्टर बुंदा अरे तेरा साफ तेरा है